जो की अभी आपको परचेज करना चाहिए क्योंकि ये एक बजट सेगमेंट में स्मार्ट वॉच लॉन्च हो रहा है और काफी फ्लैगशिप फीचर दिए गए इसमें तो आज आपको मैं इसका डिटेल रिव्यू देता हूँ तो ये फोन आने वाला है पोको की तरफ से पोको X4 Pro 5G तो इसके अंदर आपको 5G मिल जाएगा यानी कि फ्यूचर अपग्रेड्स काफी हद तक दिए गए हैं अभी मैं आपको इसके डिटेल फीचर्स बताता हूं जैसे कि आप इसका लुक देख सकते हो ब्लैक येलो और ब्लू कलर में ये कर, अवेलेबल रहने वाला है इसका स्टार्टिंग प्राइस होगा 19000 से ये 22000 तक वैरी करने वाला है इसमें लिखा है 18000 लेकिन ये अगर आपके पास बैंक ऑफर है तो ही अप्लाई करेगा नहीं तो ये आपको मिलने वाला है और में आपको मिलेगा, फिर GB, GB, GB, GB, का मिलेगा आपको। तो काफी हद तक ये अच्छा फोन है आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं ऐसे तो ये रीडिफाइनिंग योर एंटरटेनमेंट न्यूड्स कि इसके अंदर आपको मिल जाएगा 6.67 इंचेस का डिस्प्ले, तो इस बजट रेंज में एक सबसे बड़ी खास बात ये फोन के अंदर आपको मिल जाएगा काफी क्रिस्ट डिस्प्ले, डिस्प्ले, जो कि ये तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, सपोर्ट करने वाला डिस्प्ले है तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा आपको ऐसा लगेगा कि आप 50 60 का फोन यूज़ कर रहे हो तो, तो काफी अच्छी बात है uh, 700 निट्स में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है अगर वन थाउजेंड ऑफ है तो आपका फोन आउटडोर में आपको कम्पलीटली विजिबल रहने वाला है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी तो तो तो एक्स्ट्रा स्मूथ 120 120 हर्ट्ज हर्ट्ज हर्ट्ज रिफ्रेश रिफ्रेश रेट रेट रेट इसके इसके अंदर अंदर आपको आपको आपको 300 का का मिल जाएगा और 120 का रिफ्रेश रेट दिया गया गे। है तो गेमिंग में भी भी ये है। तो आपको ये बेस्ट गेम के टाइम पे काफी ज़्यादा अच्छा फील तो आप देख सकते हो इंजॉय फीडबैक सैंपलिंग रेट और ये पोका का फोन है तो तो आपको एक बहुत ही अच्छा फीचर मिल जाएगा तो तो इससे आप गेम बाकी ऐसे हो अगर आपको नोटिफिकेशन आता है आपको ऐप आप खोल के देखना है तो एक मिनी स्क्रीन में हो जाता है जो ये खाली रेडमी और पोको के फोन में अवेलेबल फीचर है बाकी किसी भी फोन में नहीं आता चाहे आप वन लैख का ले लो या फिर आपको देख सकते हो 360 मैक्स विद इसके आपको जाएगा तो आपको रात के टाइम पे या फिर आपको दर्द होगा ऐसा डिस्प्ले नहीं है तो बहुत अच्छी बात है रीडिंग मोड थ्री पॉइंट जीरो तो इसके अंदर आपको रीडिंग मोड मिल जाएगा और 3.0 है है तो आपको है तो आपको आपको येलो लाइट जो होता रीडिंग मोड में वो काफी स्मूथ मिल जाएगा कोई ऐसा थ्री पॉइंट जीरो आई केयर का सर्टिफिकेशन एंटीग्लेट डिस्प्ले मैंने तो आपको बताया बतायास रहने वाले आपको कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने सुपर कैपेसिटी बियॉन्ड यूर इमेजिनेशन यानी कि आपके बजट बजे ज्यादा ये परफॉर्मेंस आपको देने वाला है तो बहुत अच्छा फीचर्स है इसके अंदर इसके अंदर आपको एल पी डी डी आर फोर एक्स और यूएफएस टूपल टू सपोर्ट मिल जाएगा और वन ट्वेंटी एट जीबी तक रोम मिल जाएगा यानी कि आपका स्टोरेज जो कि यूएफ 2.2 सपोर्ट करता है यानी कि आपका स्टोरेज लैग नहीं करेगा आपको डाटा ट्रांसफर यह सब करने में आपका प्रोसेसर आपको दिक्कत नहीं देने वाला है जो कि बहुत अच्छी बात है और ये काफी अच्छा फीचर दिया गया है इस फोन में तो cool तो की तो आपको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी तो आपको फोन आप बिल्कुल भी हीट नहीं होगा गेमिंग करते हुए और इसकी बैटरी लाइफ आपको 67 सेवन वॉट का इसके साथ आपको सोनिक चार्जिंग मिल जाएगा तो आपके बॉक्स में 67 सेवन वॉट का रैपिड फास्ट चार्जर मिल जाएगा तो इससे प्रूव हो जाता है कि बजट सेगमेंट में इस फोन के बॉक्स में आपको मिलने वाला है चार्जर जो की बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल कंपनी एनवायरनमेंट को मध्य रखते हुए चार्जर्स निकाल रही है बॉक्स में से इको फ्रेंडली बनाने के लिए तो यही है बात इसलिए और कुछ नहीं तो इसका आपको सिक्सटी सेवन मिनट में 30 में में चार्ज होएगा मिनट्स मिनट्स मिनट्स और और आप गेमिंग करने वाले हो तो आपका, ये 6 7 आपका आपको बैटरी बैकअप दे देगा जो की बहुत बेटर फीचर दिए गए इसके अंदर और कूल cool रहेगा आपका हीट cool नहीं होगा जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होगा जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको बताया येल्लो ब्लैक और ब्लू कलर वेरियंट में यह फोन आने वाला है इसका कैमरा जो कि अभी स्पेशल है uh, 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा brings the the true pro to the table. आपको 64 का कैमरा मिल जाएगा। ट्रिपल किया गया। तो 64 एक बॉक्सी टाइप रुक दिया गया है फोन को और एक मिनट गए थोड़ा गलती से तो हाँ तो ये है अपना सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल का प्रो कैमरा और टॉप नॉच एक्सपीरियंस इन एवरी डे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर आपको स्टीरियो दिए स्टीरियो गए जो की आपको बहुत ज्यादा क्रिस्प और लाउड साउंड प्रोड्यूस करने वाले अल्टीमेट फीडबैक एक्सपीरियंस डेट एक्सिस तो मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा क्रिस्प बास सब मिल जाएगा आपको स्पीकर के से और ये फोन मेड फॉर मेड से यानी कि आपको मैंने बताया जो लोग एकदम बजट रेंज में बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक फोन चाहिए तो यही है वो फोन अगर आपको पसंद आता है तो अब मोस्ट कंसिडरेबल फोन है ये इस बजट रेंज में अब तक के लिए कोई फोन लॉन्च नहीं हुआ है इस रेंज में ट्वेंटी uh, थाउजेंड के रेंज में ट्वेंटी टू तो बहुत ज्यादा फीचर दिए गया है इसमें आप देख सकते हो मैं स्क्रोल करते जा रहा हूँ आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा इसके अंदर आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने नहीं वाली है तो कुछ इतने फीचर्स दिए गए हैं अपने कमिंग टूजे तो को यह लॉन्च होगा इसका लॉन्च प्राइस ये लोग आपके पास बैंक कार्ड है तो ये आपको ये फोन एटीन थाउजेंड में तो आप चुका लेने का दोस्त रुपए ले कुछ दिक्कत वाली बात है। बच रहा है कौन छोटे का चलो तब तक के लिए के आज के लिए इतना ही था वीडियो में हम अगले वीडियो ट्राई करेंगे लाने के लिए जल्द तब तक के लिए बाय गाइस सी यू सुन तो सी यू सुन बाय